हेलो गाइज कैसे हैं आप सब बढ़िया हाँ ही होंगे तो आज हम काइंडमास्टर की मदद मतलब से हम ग्लोइंग स्टेटस वीडियो बनाएंगे सबसे पहले हम काइंडमास्टर को ओपन करेंगे उसके बाद हम करेक्ट न्यू पे जाकर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इमेज बैकग्राउंड कला वाला को ले लेते हैं हम उसको आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए उसके बाद हम सॉन्ग पे जाकर कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं उसके बाद हम यहाँ सॉन्ग ले लिए अब भी ले लीजिए उसके बाद हम यहाँ कैंची पे जाकर कुछ हिस्सा कट कर लेते हैं उसके बाद सेट करेंगे हम कट हो गया अब हम या पर जाके जा के बटन पर क्लिक करके यहाँ हम कुछ लिखते हैं अपना ही चैनल का नाम लिख लेते हैं चैनल का नाम चैनल का नाम हो गया इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं को थोड़ा सा कर लेते हैं। करके हाँ पर, मैं पे जाकर अपना कर लेते हैं। एक यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। बड़ा हो जाने के बाद आप इसको लिंक कैसे करें सबसे पहले हम हाँ। इसको हम सेव कर लेते हैं तरफ सबसे ऊपर कोने में वहाँ पर क्लिक करके हम इसको सेव कर सकते हैं सेव ऑप्शन जाकर हो रहा है हो जाने के बाद यहाँ पूरा काट आइए उसके बाद अपने एल्बम पे जाकर वीडियो देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं सेव हो गया अब एक ऐप पर जाना होगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे उसी ऐप से गलोइंग होगा हाँ इसको ओपन कर लेते हैं ओपन हो गया अब यहाँ न्यू ऑला पर क्लिक करके यहाँ पर हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम मीडिया वाला ऑप्शन पर जाके वीडियो पर क्लिक करेंगे अपना वीडियो सेलेक्ट करेंगे करने के बाद यहाँ प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम उसके बाद यहाँ तीर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ तीर जा रहा है यहाँ क्लिक करके हम ग्लो वाला ऑप्शन पर जाके के जहाँ तिर का निशान है वहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर कोई भी कलर लेना चाहते हैं ओने से सदा सादा दिख रहा है वहाँ जाके हम कोई भी कलर ले लेते हैं इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं किस तरह अच्छा दिखता है हो गया अब इसको सेव करने के लिए क्या करना होगा सेव करने के लिए सबसे नीचे इधर देख रहा है ऊपर तरफ़ तेर का निशान किया हुआ है वहां पर जाकर के क्लिक कर है एक बार क्लिक कीजिए उसके बाद इधर प्ले वीडियो बटन पर क्लिक करके यहाँ अपने आप अप सेव हो जाएगा यहां, ओके ओला पर क्लिक करके तो आज के लिए बस इतना ही हम किसी नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं थैंक यू